के कार्यकर्ता दुख की बात है पूरे कारपोरेशन के प्रधान चेयरमैन अथा डेप्यूटी मेयर दखल करने के लिए कोशिश कर रहे टीएमसी सिलीगुड़ी शहर की मेयर डेप्यूटी मेयर और चेयरमैन तीनों ने एक ऑफिस दखल किया एक मेयर हाय दखल करने वाला उस वार्ड में रहने वाला अपना पार्टी के कार्यकर्ता विकास सरकार जी उनका प्रतिवाद किया तो उसके बाद पुलिस जो लोग जबरदखल किया है उनका खिलाफ़ कोई कार्रवाई ना करते हुए अपना पार्टी का कार्यकर्ता उनको पुलिस भी अन्याय रूप से गिरफ्तार किया और पूरा राज्य में जिस तरह का इस के शासन में इस तरह का घटनाएं घट गट रही है यहां गणतान्त्रिक कोई अवस्थाएँ नहीं है यहाँ के लोगों का कोई जमीन हो घर हो वो भी आज सुरक्षित नहीं है जिस तरह से टीएमसी के नेताओं ने पूरा राज्य के नदी से लेकर कोयला से लेकर जमीन को लेकर और अन्य बहुत सारा घोटाला इस राज्य में चल रहा है उसके साथ साथ सिलगुड़ी में भी इस तरह का दखलदारी के राजनीति हो रही है हम उनके प्रतिवाद करते हैं उनके खिलाफ़ हैं हम और पुलिस का जो भूमिका होना चाहिए था जो निरपेक्षता पुलिस का काम में दिखना चाहिए वो यहाँ नहीं है पूरा बंगाल के पुलिस टी के दलदास पुलिस में वो परिणत हो गए हैं और उन्हीं के नतीजा से पुलिस अपना जो काम वो काम सही रूप से नहीं कर पा रहा है इसीलिए एक तो त्रिनमूल कांग्रेस की इस तरह की जो नेता है जो सांविधानिक बड़े बड़े पद पर है जो मेयर है चेयरमैन है डिप्टी मेयर है उन जैसा नेताओं से इस तरह की घटना नहीं होना चाहिए लेकिन हम सबको पता है कि टी का एक छोटे से लेकर बड़ा नेता पूरा घोटाला का साथ जुड़ा हुआ है पूरा भ्रष्टाचार का साथ जुड़ा हुआ है और इस तरह के घटनाएँ वो लोग घटाती है तो हम सिलगुड़ी वासी के हित के लिए कि आने वाला दिन में ये घटना किसी भी और अन्य लोगों के साथ भी हो सकता है अन्य ऑफिस के साथ भी हो सकता है इसीलिए हम सिलगुड़ी थाना में पुलिस को भी हम ये चेतावनी देने आए कि आप लोग का जो निरपेक्षता रखना चाहिए और निरपेक्षता आप लोग नहीं रख रहे हैं ऐसा अगर चलता रहेगा तो आने वाला दिन में भारतीय जनता पार्टी जो आइनी जो कानूनी जो कार्रवाई होना है वो भी हम करेंगे और हम चाहते हैं कि जिस तरह से अपना नेता को अवैध रूप से उनको गिरफ्तार किया गया उनका भी निश्सर्थ मुक्ति हो और आने वाला दिन में इस तरह का घटना ना घटे और जो जो इस तरह का घटना में चरित है और जो जो इसके साथ जुड़ा हुआ है उनका भी ऊपर कार्रवाई करके उनका भी जो नए जो साझा जो होना चाहिए वो साझा करके और यहाँ जो जो काम होना है पुलिस के द्वारा प्रशासन के द्वारा वो काम भी करना चाहिए अभी आप प्रशासन के साथ इसके विषय में वार्तालाप किए हैं? देखिए हम तो वार्तालाप ऐसे तो जब उनको पकड़ा गया था हम आए थे लेकिन यहाँ के पुलिस और प्रशासन अब सबको पता है कि वो टी के इशारों पे चलते हैं टीएमसी के नेताओं के द्वारा वो लोग प्रभावित हैं और टीएमसी के नेता जो बोलते हैं वो सुनते हैं इसीलिए ये पुलिस का ऊपर हमारा भी या पूरा आम जनता का जो विश्वास हो विश्वास अभी नहीं रहा हम आईनी तरफ से जो काम करना चाहिए वो हम निश्चित रूप से करेंगे और पुलिस को भी हम चेतावनी देना चाहते हैं कि आप भी अपना सिरधरा को सीधा रखें और जो कानूनी तौर पर आपको उचित काम करना चाहिए वो आप कीजिए वरना नहीं तो जिस तरह से पुलिस का बदनामी पूरा सिलीगुड़ी शहर और पूरा बंगाल में हुआ उस तरह का बदनामी आप लोग का और भी आगे होगा और जनता का जो भरोसा और विश्वास आपका ऊपर था वो दिन के दिन टूट जाएगा नाम और जिला हो यहाँ के ठीक है देखिए जिस प्रकार से गणतांत्रिक व्यवस्था को सिलीगुड़ी से स्तब्ध किया जा रहा है और दुख की बात है कि पूरे कारपोरेशन के प्रधान चेयरमैन अर्थात डेप्यूटी मेयर जाकर करके एक कार्यालय को दखल करने का काम करें दुर्भाग्यजनक और कल ही हम लोग देख रहे हैं कि कल बजट सेशन है हम लोग अपनी पार्टी से दिशा निर्देश लेते हुए कल प्रतिवाद करेंगे कि इस प्रकार की गणतांत्रिक प्रणाली को जिस प्रकार से सिलीगुड़ी में स्थापित किया जा रहा है पूर्ण चोर तरीके से विरोध होगा और निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में जिस प्रकार से यहाँ पर गणतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित किया जाए इसके लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा सदैव तैयार रहेगी देखिए हम बहुत दिन से राजनीति में जुड़ा हुआ है लेकिन इस अभी जो तलाशा ही चल रहा है सिलीगुड़ी में ऐसा घटना हम लोग नहीं देखा आंदोलन संगठन जो भी हो रास्ता में कर सकता है लेकिन आज कोई चुनाव कार्यालय हो पार्टी का कार्यालय हो उस ऑफिस को बेदखल करने के लिए कोशिश कर रहा है टीएमसी। पहले भी एक वार्ड में मेरा वार्ड में भी किया इधर में भी ये लोग कोशिश कर रहे हैं ये कमजोरी कोशिश कर रहे हैं, हल्ला करना है कोशिश कर रहे हैं इसको विरोध किया है विकास सरकार तो इनके लिए क्या उनका अंदाज था बात करना चाहिए कोई संताजवादी नहीं है जाने माने आदमी हैं राजनीतिक से जुड़े हुए हैं इनको थाना में लेके छोड़ देना बात था दोबारा इनको अरेस्ट किया गया और बागडोगा भेजा गया जो संतासवादी जो चोरी करता है जो डकत करते हैं उन लोग को जिस तरह का से कानूनी व्यवस्था करता है उस टाइप का यहाँ के सिलीगुड़ी पुलिस और यहाँ के जो तीनोमूल लीडर है ये इस तरह का कर रहे हैं इसका खिलाफ़ हम लोग लड़ा लगा रहे हैं सिलीगुड़ी जो शांति है सिलीगुड़ी जो सद्भाव है ये ख़त्म करने के लिए जो प्रयास कॉरपोरेशन गुंडाबाइनी कर रहे हैं इसके खिलाफ़ हम लोग सारा सिलीगुड़ी को जागृत करेंगे और लड़ाई जारी हम लोग आज क्या हो रहा है? आज हमारे सिलीगुड़ी शहर में एक नया चीज देखने को मिला सिलीगुड़ी शहर की मेयर डिप्टी मेयर और चेयरमैन तीनों ने एक ऑफिस दखल किया एक वेस्ट के जमीन के ऊपर कांग्रेस का ऑफिस था वो ऑफिस तीनों मूल ने उसको दखल लिया तो उसके खिलाफ हमारे बीजेपी के लीडर विकास सरकार ने आ, उनके खिलाफ आवाज़ आवाज़ तोला आवाज़ उठाया इसीलिए उनको अरेस्ट किया गया सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस तृणमूल कांग्रेस द्वारा इस राज्य में इतने सारे अत्याचार उनको सहना पड़ रहा है और वही कांग्रेस भेस्टलैंड का ऑफिस कैसे एफिडेविट करके देता है वो, वो बाद में हम लोग थाने के अंदर इस बारे में या कोर्ट के अंदर हम लोग इस बारे में बोलेंगे तो ये गौटअप है कांग्रेस तृणमूल की जिस तरह से ये बंद पड़ा हुआ ऑफिस को दखल लिया गया है तो इसके खिलाफ़ हम लोग आवाज़ बुलंद कर रहे हैं साथ में हमारा नेता विकास सरकार को अरेस्ट करने के लिए जो पुलिस ने जो गुनाह किया है जो गलत काम किया है उसके खिलाफ भी हम लोग ये बोलते हैं कि अनकंडीशनल उनको छोड़ना पड़ेगा इसलिए रात भर हज हम लोग इधर अवस्थान करेंगे प्रशासन से बात की प्रशासन से बात किया हमारे जिला सभापति एमएलए साहब ए साहेब आनंद उन्होंने बात किया है तो उनका बात भी नहीं सुना है तो हम लोग चाहते हैं कि इस पुलिस का जो रोल है शासक के साथ कैसे ये मिलके लोगों के ऊपर जुलूम करता है ये घटना उसी की एक बड़ी एग्जाम्पल है आप अभी अभी शंकर घोष जी को सुना हम है प्रधान माफ कीजिएगा सिलिगुड़ी पुलिस स्टेशन के अरे राज्य जोरे अरे आवाज कथान अरे युवा मोर्चा अरे आनंदमय बर्मन अरे शंकर घोषण